انہیں کے جہ ہڈبون وارے کنے کے لگائے سے ریس نہ کرے۔ اپ پہنس اکمن بلاسٹ کا ڈائریکٹ۔ موانہ کے اکمن بلاسٹ ہوا لوک اوپر سے ڈائریکٹ دے دے۔ سارا چوتیہ لوگ کہاں سے ا جاتے ہیں سالے۔ بھائی صاحب کیا کریں ہم اج اپ کا رینک رینک پش کر رہا تھا ہم لوگ تو ملا کچھ ایسا۔ جو رپورٹنگ کرنا پڑا نہیں تو میں اج اپ کا हे, हे का मतलब वीडियो देता देता तो ऐसे मिल गए को को देख लो क्या है लगा के बैठे लोग साला साला इन लोगों मोबाइल क्यों नहीं नहीं उड़ा ठीक देखो भाई सब अच्छा से देखो इसका नाम भी देख लो ये तीन उसके साथ पुश कर रहा है एक बोट प्रतिम है बोट प्रतिम और है देखो ये देखो देखो सला कुछ भी देखा नहीं है कुछ भी देखा देखा नहीं सीधा हेड है। मारता है प्लीज इन इन लोगों का लोगों का आईडी क्या बैठे ऑटो हेड लगा के बैठते हैं चूतिया साले ऑटो हेड लगाता है माइनस लग गया अच्छा लगता है क्या रिकॉर्डिंग है। बोल आप लोग शेयर करेंगे तभी इसका प्लीज जल्दी ऐसी जल्दी शेयर करे वीडियो को बाकी उसके साथी लोग तो कुछ नहीं कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को� लेकिन खाली एक ही देख रहा है ये क्या नाम है इसका आ, रुको देखता है एक सेकंड रजिस्टर ये तो बैठा हुआ है आराम से इसको पुश पुश करना है है कर यही सलाक चुतिया है जो पूरा मार रहा है राजू जो देखना कैसे मारेगा अभी देखना देखो आराम से देखो कैसे मारता है एनिमी को देखना सीधे हेड ही लगेगा चुतिया का देखना ऊपर जा रहा है सीधा चुतिया का हेड लगेगा साला, देखो देखो देखो देखो देखो, देखो। साले लोग का आईडी के मोबाइल भी, भी खराब कर देना चाहिए चुतिया लोग का से साला। तो है, है, तो कहां से आ जाते कमीने लोग तो साला उतरे थे हम लोग बंदूक मिले साला ये लोग चुतिया मिल गया सालानी चुतिया बारह किल हो गया जूते का एनिमी कितना लोग लाइक कर रहे हैं इन लोग का आईडी बैन कराना पड़ेगा भाई साहब आप लोग मेरे साथ तो वीडियो का ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इसका आईडी जरूर से जरूर बैन हो जाना चाहिए शाला कुत्ता खेल तो सारे सब बोले बाद देना तो हे तो मारन तो सर एक एकदम डायरेक्टवायरमेंट ना, आ, है, ना ना अटोहेट आरोप डायरेक्ट गुल ऐसा चूतिया किस किस को मिला है भाई प्लीज़ कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि इसका आईडी बैन करना है राजू क्या नाम है इसका लेवल भी हम लोग देखेंगे लास्ट में लेकिन इसका आईडी बैन कराना है साले का तीनों का होना चाहिए इसके साथ में इस तीनों का भी होना चाहिए तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कुत्ते का आई बैन करना है हम लोगों को सला इसका मोबाइल ही बैन करना है उड़ा देना है मोबाइल को सला चूतिया खेलने तो आता नहीं सला सीधे हैक करके आ जाता है चुतिया साला, इसका गोली मार दूंगा उठा दूंगा एक যাক করনি এর অটো হ্যাক করেছ মানে এই ডে গলি মে লোক হেডশট লাগিবক বডি না লাগে কোন নে ডিসাইড ডিসাইড ওকে এইটা মুখ মানে মুখ মানে লাইক ডেটা তালা একটা ফটো প্লেয়ার বেব इंशाल्लाह है कल को कोई मानता भी नहीं साले ओ, मार साले को कुत्ते की मार, मौत <laughs> मारो वो मर गया इंशाल्लाह मोर साले कुत्ते मर मर साले हां साला अच्छा हुआ मारा जिसने मारा उसको लाइक देंगे हम जरूर लाइक तो तो, देंगे जिसने मारा उसको लाइक देंगे बहुत अच्छे आई एम प्राउड बहुत अच्छे बहुत अच्छे मैंने कार्टून मार तो पता है बच्चों मैंने मैंने पे ऐसा टीम तो प्लेकेट रिडीम सब तो तो तो तो तो तो मज़ा एक एक लाइक लाइक लाइक नहीं पाला ये ये ये प्लेयर प्लेयर है है है लेवल मरबाता ओके गर्ज फाइनली इसको भूया मिल चुका है हमको इसीलिए अच्छा लग रहा है और उसका आईडी देखते हैं चलिए सीधे उसका आईडी देखते हैं हम लोग क्या है उसका आईडी आगे में आगे और क्या मतलब क्या होता है तो ये है उसकी आईडी डी थर्टी फाइव लेवल है राजू जो जब नाम है और इसका क्या नाम के पीछे मतलब ये नुबड़ी आई है इसका तो ये पूरा हैक लगा के खेल रहा है देखो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसका आई बैन होना चाहिए इसका साथी का भी बैन होना चाहिए इसका भी बैन होना चाहिए तो बाय बाय मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में